जल्दबाजी ना करें पकवान कच्चा पक्का सेक दिया जाएगा अजी ना मचाए जनावान कच्चा पक्का दिया जाएगा और तुम चाहते हो हम तुम्हारे सामने घुटने चुपचाप निकल लो वरना कनपटी पर दिया जाएगा एक दोस्त है मेरा जो मेरे हर दुख को अपने गले से लगा लेता है जी एक दोस्त था मेरा जो मेरे हर दुख को अपना बना लेता है मैं आईना देखकर मुस्कुरा लेता हूं आईना मुझे देखकर मुस्कुरा लेता है दगाबाज इंसान को हमारे नियमों के अनुसार दिमाग से नहीं जिंदगी से निकाला जाता है दगाबाज इंसानों को हमारे नियमों के अनुसार दिमाग से नहीं जिंदगी से निकाला जाता है और अपनी औकात हमें बतबदा दोस्त कुत्ता कितना ही महंगा हो भोंगने के लिए पाला जाता है।